जब मैं जानता नहीं कि भविष्य क्या है तो यह बहुत गहरी बात है क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य क्या है क्या आप जानते हैं कि अगले पांच मिनट में क्या होने वाला है? नहीं नहीं सदगुरु मेरा ज्योतिषी क्या आपका ज्योतिषी जानता है कि उसके जीवन के अगले दस मिनट में क्या होने वाला है क्या वो जानता है नहीं वो अपने जीवन के दस मिनट के बारे में नहीं जानता मगर आपके पूरे जीवन के बारे में जानता है ये एक शानदार चीज है तो आप भविष्य नहीं जानते सौभाग्य से क्या ये बहुत अच्छी चीज नहीं मान लीजिए आप अपना सारा भविष्य जान जाते हैं तो क्या आप अभी आत्महत्या नहीं करना चाहेंगे हा? क्या यह अच्छा नहीं है कि इतने बड़े दिमाग के बावजूद आपको नहीं पता कि अगले पल क्या होगा हेलो क्या यह शानदार नहीं क्या आपने कभी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखी देखी देखिए अभी लोकल थिएटर में एक बहुत शानदार अच्छी सस्पेंस थ्रिलर लगी हुई है जो आप में से किसी ने नहीं देखी और मैंने देखी क्या मैं कहानी सुनाऊ ठीक है पूरी कहानी में बहुत समय लगेगा तो मैं बस उसका आखिरी सस्पेंस वाला हिस्सा सुनाता हूं ठीक है सुना नहीं क्यों क्योंकि सस्पेंस का मतलब ये होता है आप जाकर पोस्टर देखते हैं अरे ये बंदा मेरे ख्याल से ये ऐसा करेगा वो आदमी वैसा करेगा अरे निर्देशक ये है शायद ऐसा ही होगा फिर आप अंदर जाकर सभी स्टिल तस्वीरें देखते हैं और कहते हैं ये आदमी जरूर ऐसा करेगा वो आदमी वैसा करेगा तरह तरह के अनुमान आप जाकर ऑडिटोरियम में बैठते हैं और पहले कुछ सीन देखकर कहते हैं ऐसा ही है ऐसा करेगा, और वो कुछ अलग करता है आपने कहा ऐसा होने वाला है और कुछ और हो गया आधी फिल्म के बाद आप अपने दोस्त से चर्चा करते हैं आखिरी सीन निश्चित रूप से ऐसा होगा जब आखिरी सीन आया कुछ बिल्कुल अलग हुआ तब आप बाहर आएंगे और बोलेंगे वाह क्या शानदार फिल्म थी हा? आप वहां गए बैठे पहला सीन देखा और कहा यही होने वाला है और आखिरी सीन में वही हुआ जैसा कि अधिकांश फिल्मों में होता है तब आप बाहर आएंगे और बोलेंगे यह अच्छी नहीं थी है ना तो मुख्य रूप से आप यह कह रहे हैं कि अगर आपकी सभी भविष्यवाणियां गलत हो जाए तो यह शानदार अगर आपकी सभी भविष्यवाणिया सच हो जाएं तो यह अच्छा नहीं है तो मैं पूछता हूं कि आपके जीवन में क्या बुराई है आपका जीवन शानदार है आप कुछ भी भविष्यवाणी कर सकते हैं वो सब गलत गलत और गलत और होता है शानदार शानदार शानदार एकमात्र समस्या है आप सस्पेंस का आनंद लेने की काबिलियत खो चुके हैं यही आपकी एकमात्र समस्या है हा? आप अंत जानना चाहते हैं आप एक मैच फिक्सर हैं आप एक मैच फिक्सर हैं आप खेल खेलने से पहले नतीजा जानना चाहते हैं मैच फिक्सर या नहीं आज मैच फिक्सिंग इस देश में अपराध है आप जानते हैं तो अपने जीवन को पहले से तय करने की कोशिश मत कीजिए देखते हैं क्या होता है जो भी हो आप यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है एकमात्र चीज है क्या आपने अपने जीवन के अनुभव को पर्याप्त गहरा पर्याप्त तीव्र बनाया बस इतना ही है होना क्या है तो कल क्या होगा कल क्या होगा मैं आपको एक सरल चीज बताता हूं जीवन की सबसे अच्छी चीज यह है कि कल कभी नहीं होता हाँ अगर आप जानते हैं कि अभी जो है उसे कैसे संभालना है तो आप जान जाएंगे कि अपने पूरे जीवन को कैसे संभालना है अगर आप जानते हैं कि इस पल अपने विचार अपनी भावना और अपने शरीर को कैसे संभालें तो बाकी बाहरी नाटक चलता रहेगा लेकिन अगर ये ऐसा है तो ये आनंदित और शानदार होगा चाहे आपके आसपास जो भी नाटक हो रहा हो हाँ अरे अगर ऐसा हुआ तो अगर वैसा हुआ तो हाँ वो सभी चीजें हो सकती हैं लेकिन आप यहां जीवन का अनुभव करने आए हैं जीवन से बचने नहीं है ना जीने का समय है जीने का अर्थ है आप नहीं जानते कि कल क्या होगा कुछ भी हो सकता है आप तो उससे डर है। डरते हैं क्योंकि आपने पहले ही तय कर रखा है कि क्या होना चाहिए आप डरते हैं कि जो आप सोचते हैं वो नहीं होगा लेकिन पहले तो मैं आपसे पूछता हूं आप सोच क्यों रहे हैं कि क्या होना चाहिए अगर आप प्रक्रिया के प्रति समर्पित हैं तो जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं उसके अनुसार कल जीवन करवट लेगा